ओम महालक्ष्मत्नी चा धीमह तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात दर्शकों जय महालक्ष्मी वार की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी को शाश्वत प्रणाम करते हुए मैं ज्योतिर्विदासी पांडे लखनऊ से आप सभी के समक्ष दिनांक 4 अक्टूबर का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के राशि पर आधारित है चंद्र राशि पर आधारित है देशे ग्रा ग्रहे युद्ध सेवायाँ व्यवहार के नाम राशि प्रधानमं जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्वल्ये यात्रायाँ गृहगोचरे जन्मराशि प्रधानमं नमराशि चिंतित तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जब भी आप राशिफल फल देखिए मांगलिक कार्य करिए तो चंद्र राशि की ही यहाँ पर प्रधानता दीजिए आज का पंचांग क्या कहता है क्योंकि पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है और पांच अंगों से मिलकर के पंचांग बना हुआ होता है ये पांच अंग हैं तिथि, तिथिवार नक्षत्र योगकरण तो इसी के आधार पर पंचांग तैयार किया गया है तो देखिए दर्शकों विक्रम संबद्ध दो हजार छिहत्तर सख परिधावी नामक संबद्ध चल रहा है दर्शकों शुक्ल पक्ष की जो आज तिथि रहेगी ये ष्ठी तिथि रहेगी सुबह नौ बजकर पैंतीस मिनट तक की इसके उपरांत सप्तमी तिथि लग जाएगी ष्ठी तिथि को नीम से जो है जैसे नीम की पत्ती हो गई या नीम का दत्तवन हो गया या करी पत्ता हो गया ये सब चीज़ों का सेवन शास्त्रों में वर्जित बताया गया है सप्तमी तिथि को आंवला हो गया और ताड़ का जो फल होता है इसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए सूर्योदय की बात करें सूर्यास्त की बात करें तो सूर्योदय होगा प्रातः छः पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर छियालीस मिनट तक की नक्षत्र जो रहेगा दर्शकों ये ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा इसके उपरांत तो मूल नक्षत्र आ जाएगा करण रहेगा तैतिल इसके बाद गर्भ और अंतिम करण रह जो रहेगा ये वरिष्ठकरण रहेगा योग रहेगा सौभाग्य इसके उपरांत शोभन योग रहेगा आपको वार हमने बता ही दिया कि शुक्रवार का दिन रहेगा राहु काल की बात कर लेते हैं राहु काल सुबह दस बजकर सत्ताईस मिनट से ग्यारह बजकर पचपन मिनट तक की रहेगा इस दौरान आप लोग किसी भी शुभ कार्यों को नहीं करिएगा शुभ कार्यों को यदि करना होगा तो दोपहर एक मिनट से लेकर के दो मिनट तक ही आप लोग कर सकते हैं ये जो समय रहेगा ये विजय मुहूर्त कर रहेगा शुक्रवार दिन रहेगा दर्शकों तो दिशा बताए देते हैं तो पश्चिम दिशा की ओर दिशा रहता है शुक्रवार को पश्चिम दिशा की ओर आपको यात्रा नहीं करनी है यदि करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि मिश्री का और दही का सेवन करके आप यात्रा करिए और पहले आप पूरब की ओर चार पग चलिए उसके बाद पश्चिम की ओर यात्रा करिए तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग राशिफल हमारा मेज से लेकर के मीन राशि तक का क्या कहता है इस पर आगे बढ़े लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे 18 और 19 अक्टूबर को दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक दिल्ली क्षेत्र से हैं तो आप लोग हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं अक्टूबर माह का संपूर्ण राशिफल मेज से लेकर के मीन राशि का और प्लस उसमें हमने दीपावली का उपाय भी बताया है तो आप लोग जा करके वो वीडियो आप लोग जरूर देखें हम तो कहते हैं कि अक्टूबर माह का राशिफल सभी राशियों को जरूर जा कर के देखना चाहिए क्योंकि उस वीडियो में जो धन प्राप्ति का प्रयोग है वो बिल्कुल अलग है बिलक्षण है आप लोग उसको देख सकते हैं तो चलिए दर्शकों राशिफल पर हम आगे बढ़ते हैं वृषभ राश के जातको कैसा रहेगा आज का दिन तो आज आपका दिन बड़ा फेवरेबल रहने वाला है भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा आज आपका दांपत्य जीवन बड़ा खुशहाल बना रहेगा व्यवसायिक प्रगति के लिए दिन अनुकूल रहेगा स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा शाम तक की किसी धार्मिक क्रियाकलापों में गतिविधि करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं पुराने दोस्तों से आज मिलने का मौका मिलेगा उनके साथ जीवन साथी के साथ दोस्तों के साथ परिवार वालों के साथ कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं खास करके स्टूडेंट हम वृषभ राशि के हैं है, तो करियर से रिलेटेड अच्छे परिणाम आज आपको मिलेंगे कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन श्री सूक्त का आप लोग पाठ करिए महालक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बनी रहेगी और किसी कन्या को मीठा आज आपको जरूर देना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा मिथुन तो तो था हमारा राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए दर्शकों अठारह और उन्नीस अक्टूबर को दिल्ली में मिलकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं